गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में पूरी तरह हुक्का लॉन्च बंद होंगे इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पा निशाना साधते हुए कहा सोनिया गांधी की दिग्विजय सिंह के साथ प्रयोग की राजनीति सही नहीं है गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा ने नवरात्रि में गर्वे को लेकर कहा कि मां की आराधना में पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा माँ से प्रार्थना है की प्रदेश में कोई आपदा विपत्ति न आए सुख समृद्धि बनी रहे सबका मंगल हो उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर कहा की ममता दीदी को देश से माफी मांगनी चाहिए हमारे देवी देवताओं के प्रति उनका रवैया निंदनीय है इस मौके पर उन्होंने टैक्स को लेकर कहा कि नया कर लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है उन्होंने हुक्का लाउंज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि हुक्का लाउंज शत प्रतिशत बंद होंगे जिसका पूरी तरह पालन किया जाएगा नमन मा माँ से प्रार्थना की हमारे प्रदेश में कोई आपदा विपत्ति न है ना बाढ़ की ना सूखे की और ना कोरोना जैसी कोई हमारा प्रदेश सुख शांति और संपन्नता की ओर बढ़े उनको जो गरबा के आयोजन जो लोग करते हैं उनके लिए कहा था कि आईटी प्रूफ देखकर लोगों को अंदर आना चाहिए मैंने उस समय प्रार्थना भी कर ली थी कि मां की आराधना करना है तो कोई भी धर्म के लोग कर सकते हैं अलग से करें अगर यहाँ पर आना है तो जानकारी देने में पहचान छुपाना काय को है किसी को छुपाने की आवश्यकता भी नहीं है स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई घोषणा कर देते हैं तो पूछने को कुछ बचता नहीं है और शिवराज सिंह जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उनकी घोषणाओं का शत प्रशत क्रियान्वयन हो इसमें सरकार लगी रहती है और उन्होंने हुक्का लाउज बंद करने का कहा है तो बंद होंगे नवतम मिश्रा ने कहा कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के साथ शुरू से ही राजनीति करती आई है हमारे यहां बैठक में सभी वर्गों के नेता उपस्थित रहते हैं उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह के साथ सोनिया गांधी ने जो प्रायोगिक राजनीति की है वह अच्छी नहीं है उसमें हमारे सांसद हमारे विधायक एस के एस के केंद्रीय मंत्री प्रदेश के अध्यक्ष दोनों मोर्चो के सभी उस बैठक में थे अब कांग्रेस अपनी जाने स्थिति देखती है तो बात अलग वो उनके साथ में राजनीति करते रहें प्रारंभ से करिए चाहे जमुना देवी के साथ की हो चाहे सिद्धान सिंह सोलंकी जी के साथ में की हो चाहे बिल्कुल अभी आखिरी आखिरी तक उन्होंने जो किया है वैसा कर रहे होंगे इसलिए वो तो ऐसे ही होता है साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जाने